نحمده ونسلم नहमदनुसलीसलिमला रसूल करीम वाला वही वा अजमे मबदफज बिल्ला में नश्य तो निर्र्रजिम बिस्मिल्लाहमा निर्खी अन नबियोला बिलमुमिनी नमिन अनफुसिहम वुहूम महातु का नबी वाल वही से अजमी वकला तो साम फि मकामिन आखर يؤمن يكون كما قال النبي صلى الله الله عليه وسلم صدق नबीलाम सदक अलुना हबीबुल अमीनी बुल करीद महबाबल अला सईद ना व मौलाना मुहम्मद आल सईद नाव मौलाना मुहम्मद अबार असला तो सैदिया रसूल्ला वाला वाबिकया सैदिया हबीबल्ला हर नफस इश्क मोहम्मद कपयामी कर लो हर नफस इश्क मोहम्मद कपयामी कर लो जिंदगी उनकी मोहब्बत में दवा में कर लो बादशाही है अगर दोनों जहा की मत लोब तो दोस्त तो आओ मोहमद की ओलामी कर लो हम दो सलाद तो बाद काबिलाम हजरात मामाए के राम बिलखसूस मेज़बान माफिल फाजिल नौजवान अजीज़ मुकरम हज़रत मौलाना तो़ीर अहमद चिश्ती साहेब जीदा मजदोको मोली दीगर काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम बज़ुर्गो दोस्तों अजीज़ों माशाला असी सारे अपने आकाए करीम सल अला वसलम की माफले पाक हाजिर और मेरी तकरीर का मौजू है मोहब्बत रसूल और उस दे तकाजे सलो अल रिजल्ट सामने के ती इतना बोल बोल के बाई हला हला के थक पे हो कि ना तो दरूद पढ़िया ना सुबह अल्लाह कह रहे हो मैं इन्ना तलख तजरबात चो गुजरदा मैं युआ करदा अल्लाह तला सुनियन हिदायत सवा अठ बजे जमात तो हो साढ़े ग्यारह होंगे पैन हूँ मेरी तकरीर हो रही है और बहाना है कि बंदे तैन सुन आए तु देखो ना अस कदर बेवकूफी का शिकार हाँ कि जिस बंद सुन आकत टाइम दें, दें, दें जिससे बंद तंग पा यकीन सामान की बहार है लेकिन असी अले सुन तुम्हें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह सन समझता फरमाए मेरा दोस्त और भाइयों साढ़े चो हर बंदे चंद चीज़ा मोहब्बत है हर इंसानों अपनी जानबत है अपनी औलादबत है अपने माल मुहबत है और ये मुहबत ऐसी मोहब्बत है जिस मुहब्बत तो कोई भी बंदा दस्तबरदार नहीं हो सकता यानी कोई बंद यह नहीं कह सकता कि मैंने मेरी जान नोबत नहीं सन अपनी जानबत है कि नहीं हर इंसान अपनी औलादबत है वफद वाले औलाद नद के मां बाप के करते हैं अपने कारोबार दे अस मुहबत करते हैं अपने, अपने वतन और अपनी इज्जत नाम मुहब्बत करते हैं इन्ह सार चीज़ों के नाल मुहबत सातरी सा फितरत देर सा नेचर के अंदर औरबीयत अंदर ये चीज़ शामिल है कि असि इन्ह सार चीज़ों मुहबत करते हैं लेकिन मेरे भाई इस सारिया इन्ह सारे चीज़ों महब्बत बराबर नहीं होंगी मुहबत अंदर दर्जा बंदी होंगी असन माल के अच्कल बहुत ज्यादा मुहब्बत है अजकल माल पिछे ईमान जाया हो जाते ने माल पिछे भाई भाई, भाई नाल पिछे मेरे भाई असा लोग क्या कुछ नहीं करते असा अपने माल चो जकात नहीं दें दे। अपने रब नाराज कर लेंगे हाँ लेकिन अपना माल कम करने वास्ते तैयार नहीं होते माल की मुहब्बत साढ़े दिल के अंदर इतनी ज़्यादा लेकिन मेरे दोस्तों मेरे भाईयों माल के बेश बहुत ज्यादा मुहब्बत है लेकिन अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए क्या वो अपना माल अपने बच्चे की सेहत देते लगा दें कि नहीं लगा दें और वो ख्वाहिश होंगी कि मेरी जिंदगी की सारी पूंजी बेशक लग जाए लेकिन मेरा बच्चा सेहतियाब हो जाए क्या यह ख्वाहिश होंगी कि नहीं पता चलिया माल के बहुत ज़्यादा मुहब्बत सन लेकिन माल की मोहब्बत औलाद की मुहब्बत है कुरबान है मालों ज़्यादा बंदे औलादब्बत है और समझदार लोग औलाद ना लो ज़्यादा माँ बाप के नाल प्यार करते हैं क्योंकि माँ बाप उस असल ने उदा निशान नेगाज नेलादत सब ने और मेरे भाई सब नो ज्यादा अस अपनी जान के नाम मुहब्बत करते हैं अपनी जात के नाम मुहब्बत करते हैं इस वास्ते मेरे भाई इन्हों चीज़ों के मुहब्बत सा फितरत देर नेचर के दे अंदर शामिल है और इस असी तो कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकते लेकिन मेरे भाई इन्ह सारिया चीज़ा नालों इंसानों सब नो ज़्यादा मुहब्बत अपनी जान के नाल होंगी किसते न अपनी जान के नाल होंगी जान है तो जहान है लेकिन मेरे दोस्तों मेरे भाईओ जान के ना सब नालों ज्यादा मुहब्बत है लेकिन जो जान देन वाले रब को पूछिए नाला सन किस चीज न सब ना मुहबत करनी चाहिए जान देने फरमाना है अगर ईमानदार बनना चाहना और हकीकत देर ईमानदार कहलाना चाहना है और सच्चा बन मोमिन बनना चाहता है तो फिर मेरा वो काम यह है तेनू जान दे वाला मैं लेकिन अगर ईमानदार बनना चाहता तो जान नो भी व्यार आमना दे लाल नाल करना पवेगा यानी ईमान दका जाए जान नालों भी ज्यादा प्यार सरकार की जात नो मेरे भाई हजूर दाते पाक मोहब्बत करना ईमान की जान है और ईमान का तकाजा असल मैं अपने आप कर नहीं करता तक सची गल लेकिन हम इन्हें बुलाया चलो नादी भी कुछ रह जाए इजत मैं तकरीर थोड़ी जी कर मेरा दिल नहीं करता गैर संजीदगी वेख के असं लोग अज जदो दुनिया इतनी समझदार हो गई अस संजीदगी ना अपना रहा है गैर संजीदगी और अजीब माहौल हों जो दिल हों तक भी खत्म हो जाता लेकिन ठीक है ये रविश अगर तुम न्यो बदल दे तो फिर अंजाम दिन ब दिन वेख रहे हो कि लोग सुनिए तो दूर जा रहे हैं कोई संजीदा बंदा तो तबके देर तक बहुत वास्त तैयार नहीं हूँ इला माशाला पुराने बजुर्ग देहाती हो अकीदा मां बाप वाला आ रहा डंग गुजारा कर जासो ऐ रवश सुनिए रही ते फिर बहुत मायूसी आई गल बाहर हाल तवजो फरमाओ मैं जिक कर रहा मेरे भाई कि सू सारे चीजा है। लेकिन ईमान तकाजा है मेरे भाई के जान दे ज्यादा मुहब्बत बंदा मोमिनो सरकार दी जात दे चाहिए है यही वजह मेरे दोस्तों के अल्लाह करीम ने भी फरमाया अन्न बीओ औ बिलमो मिनी नबी करीम दमान वाल अपन जाना नो भी ज्यादा महबूबे कि ईमान वाले ने बोलो कि बेईमान की गल रब ने नहीं की ईमान वाले फरमाया ईमान वालों हबीबे करीम दाते पाक जाना ना भी ज्यादा प्यारी है मेरे दोस्तों इसे वजह तो तेरे और मेरे, करीमा का शादे मेरे करीम आका द इशादे पा के आपने फरमाया मेरे आका करीम वह सची जात ने जिन्हों जान दे दुश्मन भी सच्चा जानते ने मनते कि नहीं मनते काफिर भी सरकार सचा मनते ने लेकिन इतनी बड़ी सची जात ने अगली गलो बयान की अल्लाह की थी। कसम उठाया जिसने दस्य कुदरत अंदर मेरी मुहम्मद की जान मैं उस अल्लाह की कसम चाह कह रहा ला यो मेनो आहद तो हुमे चो कोई भी बंदा कामिल ईमानदार नहींलाद नो वरना से अजमीन और सारी काय न इंसान ना लो जब तक वे मेरे मुहम्मत नहीं करेगा कामे ईमानदार कहलाई का नहीं बनेगा भाई जरा गौर कर माशाला मजमे में कितने इसे जवाब दिता मैं एक जगह तकरीर कर पिंडाल भरे हुए मजमे न बार सड़क के लोग बहुत बड़ा रश मैंने आखन लगे तेरी तकरीर चौथे नंबर तर त्राए मौलवी असि पहलो भुगता चौथे नंबर तेन बहुत मैं क्यों बस जना तेरी तकरीर आखिर तक करा बंद तू पह मैं मस्ज च बह के कह रहा एक बजे रात उन्हें मेरी तक शुरू कराई पांच हिस्से बंदे चले गए छेवें हिस्सा मौजूद ने कोई जूमद पिया कोई ऊंघ का पिया कोई सज्जे बहु कोई खब्बे बहु मैं इसे अजीज आरोप मेरे अजीज से मैं कैदर साहब हम वेख पांच बंद तो चले गए छेविए थोड़ी थोड़ी तकलीफ कर दिन दिल नहीं जिस तरबीय याफ्ता बच्चों की आम लोगों की मैंने तो यह शर्मिंदगी हो रही इनान अगर नहीं समझ अकल आ रही लोगन के आए तु आवाम भी नाराए ताकीक मार छोड़ दो स्टेजा वाले नकीब शकीब तो अज कतर ही नारा है ताकीक तुम सारे नवर वेख रहे हो सुनिया दे किस मने जा रहे हैं अल्लाह सद दे बाहर हाल मैज की कर रहे हैं मेरे भाई ईमान का तकाजा ये कि जान नालों भी ज्यादा मोहब्बत आमना दे लाल नाल कारते पाक होनी चाहिए और मेरे भाई अगर गौर करेगा खुदा कसम अकलन और नकलन ये तेन मनना पवेगा कि नाइना ना मेरे भाई तेरी जान मेरी जान ये जान बंदे बाज औकात गुणा ते मजबूर कर दी है यही जान बाज औकात बंदे बर्बादी वाल लै जाती है हिलात वाल ल मसलान मैं एक मिसाल देना जशा करता है नशा ओद्दी जान का तकाजा आए उस का तकाजा आए लेकिन नशा करने वाले आदमी की सेहत भी बर्बाद माल भी बर्बाद जान भी बर्बाद कबर कियामत भी बर्बाद दोस्ता दो दोस्तानी ग्रामी कदर इस वास जान नाल भी बद के स्यार अगर करना चाहता है जाते पाग देना करना चाहता यही ईमानदार तकाजा है नबी दा करीम दात ईमान वालो भी ज्यादा प्यारी ए बोलो जाना नालो भी ज्यादा प्यारी ए मेरे भाई ये कुरान उतरया अल्लाह ने कुरने पाक अंदर फरमाया नबी ये पाक दीजात मान वालों जानो ज्यादा प्यारी और महबूबे और साहब आई के राम जिन्होंने सब नो पहले कुरानदाए बोल सुनिया उन्होंने साहबा ने अमल दे दसिया के साथ जानते बण आए असी जान न छोड़ दें, दें परमना दे लालमन नहीं छोड़ दे मेरे दोस्तों हिजरत की रात दी गल कर रहे सन्नाथ खान साहब जो हिजरत रात आई मेरे करी माका दे तलवारा देर नए ने नाल घेरा दे माका एक एक बंदा तलवार ला के आया रल के ये अमल करिए मनु हाशम साढ़े को इंतकाम ना लेन लेकिन मेरे भाई मेरे करीम ने हजरत अली नया मेरे भाई अज मेरे बिस्तर से सोच लवार सोना मौत नावत देना है लेकिन इश्क कली जान भी कुर्बान कर देगा मोलाली हजोर दे बिस्तर से लेट गए ने हजोर दे बिस्तर से सो गए ने दोस्तान ने ग्रामी कदर यही गल नाथ खान साहब कर रहे हैं काश के दूसरी गल भी तूरते सो के मौलाफा तो जान बार रहे हिजरत रात रात की तारी की अंदर नबी है पाक नो कंधे ते बैठा के जेडाक चढ़ाइया चढ़ रहा है अकबर कौन है बोलो अल्लाह पाको मैनू मक्का मुकरमा ले जाए गारे सौर चढ़ाई तीन मील दूर अल्लाह की कसम जवाना दे। जवाब देते हैं लेकिन सिद्दीक ने में पत्थर मेरे आका ददमां चुभते पे ने अस कर लगे मेरे आका आप दलमी तलियां जख्मी हो सद्दीक का दिल जख्मी हो जाता है आका करम करो मेरा कंधा कोई आम बोझ नहीं और नबुबत बोझ चाह के जा रहा जरा न बोझ चौद तबक मुश न उठा मेरे मेरे दोस्तों मेरे भाइयों अकबर दे दरवाजे ते पहुंचे मैं खुद उस गार नो बहुत क़दीमी और बहुत मुख्तसर जी गार अर्ज करने लगे यारसूल अल्लाह अंदर कोई चीज हो सकती है रात दा अंधेरा है आप बाहर ठहरो मैं अंदर जाना मैं गार साफ करदा कोट मोमन वाले चौदह सौ साल बाद जरा कलमा पढ़ के सिद्दीक की वफा शेमान ईमान शक, शक हो सकता जेड़ा आका बार बैठा के खुद मौत जा रहा है सिद्दीक गया कि नहीं गया अंदर वार बेच उतरे ने वार साफ की अगर अकल कहती बकर अंदर कोई छह मूजी होगी अगर हजूर नैन नहीं डी है ना सवाल वार है ना तारीख ना अंधेरा है रात दकत कोई अजद बिजलिया का दौर तो है नहीं लाइट होगी भी मादूत जी लेकिन मेरे भाई एक कहती है बुबकर अंदर कोई मूजी शह होगी लेकिन इश्क कह मूजी शह भी हो जावार गल आए तो सिद्धिक मुस्तफा दे कदम जान पेश करके सबत कर देो मैं अमलन सबत कर रहा मैंने जान ना लो रब दाए हजोर ने बार ठहराया आप अंदर गए साफ कीती। मेरे भाई अपने बदन दे। बाद अंदर अपनी पगड़ी के टुकड़े गारेराख बंद किए अंदर आए अपनी कमीस के टुकड़े करके गार बंद सुराख बंद किते ने एक सुराख रह गया एड़ी जमा लिया की रसूल अला आका आ जाओगार तैयार हो गई हजोर आए ने आपने अपना सरे अंबर सिद्धिक गोद अंदर अल्ला बगदादी तीरू हुलमानी अंदर कहते सप ना कई सप है जेड़े बार बार दस रहे मेरे भाई अकल कह दी अब बकर जान जा रही लेकिन इश्क कह जान जाए त जाए आका दे आराम अंदर खलल न आए दोस्त ने उसी चंद छोर छोरते नारे मार सोए जे बेचारे बुढ़े साढ़े अठ दे बैठे के कर सकता कोई रमक और नहीं रान दू तो बोलन बाहर हाल मेरे भाई हजरत अली और हजरत सिद्धिक अकबर ने अपने अमल नोया सबत किया के क्या पेश करें आकार क्या चीज हमारी है क्या पेश करें आका क्या चीज़ हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जहाँ भी तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जहाँ भी मेरे भाई यकीन जान इंसान बड़ी प्यारी है लेकिन खुदा दी कसम इश्क दा है ईमान है जान लो बद के प्यार मेरे आका कर अगर तीन जान गुजी कर ईमान उदो का मल हो जदो सरकार सारी कायनात नो महबूब होगी सारिया इंसाना महबूब होगी अपनी जान नालों भी महबूब होगी आर्मी मेरे भाई जद तेरे दिल अंदर मेरे करी माकाबत आ जाएगी हजोर प्यार आ जाएगा तेरे दिल अंदर हो रहा होगा मौलाना अगर मेरे दिल अंदर, दी अगर सरकार दा इश्क मेरे दिल हो जाए मैन मिलेगा की मैं कहना खुदा दी कसम हर अमलर जन्नत लेकिन इश्क मुस्तफा दर जन्नत बना वाला रब्बे जुल जला जिदे दिल अंदर सच्चा इसके मुस्तफा आ गया उससे अल्लाह